मिट्टी का दिया है ये काया मिट्टी का दिया है ये काया पर कितनी आस लगाए हैं जीवन की जरा सी जोत मिली जीवन से मिलना छा है मिट्टी का दिया है ये काया पर कितनी आश लगाए हैं जीवन की जरा से जोत मिले सूरज ली खिली हू डाली से गिरू किसी की पूजा थाली में अधिकली खिली हू डाली से गिरू किसी की पूजा थाली में चरणों में पड़ू वन चरणों में पढ़ू वन मालिक मीरा गाए हैं मिट्टी का दिया है ये काया पर कितनी आस लगाए हैं जी सूरज से मिलना चाहे है मिट्टी का दिया अंबर का तारा हो जाऊं मैं चाँद की नाव में सो चांद की नाव में सो जाऊं प्रीतम के दर्शन को पाऊं प्रीतम के दर्शन कितनी आस लगाए हैं जीवन की जरासी जोत मिली जीवन की जरासी जो जोत जरा मैं पत की गली में बन पिया तेरे चरणों से लगी मोराजिया तेरे पत की गली बन पिया तेरे चरणों की लगी मोरा जिया जीवन का छोटा छोटा शायदिया इस आस में जलता जाए है मिट्टी का दिया है ये काया पर कितनी आश लगा से मिलना चाहें हैं मिट्टी का दिया है ये काया पर कितनी आश लगाए हैं मिट्टी का दिया है ये काया पर कितनी आश लगा